हेलो दोस्तों नमस्कार सलाम सताल तो दोस्तों आप कैसे हो उम्मीद करोग बढ़िया होंगे और बढ़िया होना चाहिए दोस्तों ठीक है ये था 22 तारीख का गेम ठीक है दोस्तों इकसठ हमारे पास 16 था इकसठ हमारे पास सिंगल था जिसमें 16 पास होके गया ठीक है दोस्तों बिल्कुल 16 सीधा सीधा पास हो गया दोस्तों ठीक है ये देख सकते हो मैंने आपको यहाँ पर जोड़िया बनाया गया था ठीक है यहाँ सात प्लस सात माइनस की बाड़ी थी ठीक है जिसमें से सात माइनस करेंगे तो एक सट आई थी मैंने बोला था ये एक सठ सीधी आना चाहिए और मैंने सीधा ही बोल के गया था सीधा ही खेल लेना फिर भी मैंने वहाँ पे आपको यहाँ पे बना के गया था जोड़िया ठीक है तो सोलह हमारा यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था सोलह और पैंसठ दिखाया था पचहत्तर तो सीधा दे गया ठीक है दोस्तों चलो जिस भाई की लगी है बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन ठीक है दोस्तों बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेसन दोस्तों ठीक है तो आज का आपको गेम दिखा देता हूं मैं आज क्या आना चाहिए मेरे हिसाब से और तो गली के ट्रिक के हिसाब से इसने कल चौबीस मार के गए यहां पे ठीक है दोस्तों ठीक है तो आज भी यहां पे सत्था या दुआ आना चाहिए ठीक है मेरे हिसाब से सत्था दुआ आना चाहिए ठीक है, है दोस्तों तो दोस्तों एक बार देख लेना मेरे हिसाब से जो मैंने ट्रिक बना के रखी है ना तो यहाँ पे सिंगल जोड़ी बन रही है मेरे हिसाब से ठीक है सिंगल जोड़ी बन रही है ठीक है दोस्तों बाकी आपको ये ट्रिक अभी मैं दे नहीं रहा हूँ ठीक है मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूँगा सिंगल जोड़ी ठीक है टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लेना हालांकि टेलीग्राम टेलेग्र, चैनल पे लोग कम हो रहे हैं दोस्तों ठीक है कोई दिक्कत नहीं है पर ये जो सिंगल जोरी जो मेरे पास बन रहा है ना जो ये ट्रिक बना के रखा हो ना आपका अगर किसी को समझ में आ रहा है तो निकाल लेना ठीक है मेरे पास जो बन रहा है ना ट्रिक मैं उसमें ही डालूँगा टेलीग्राम पे ही डालूँगा ठीक है दोस्तों चलते हैं और आज का जो गेम रहेगा बॉक्स में रहेगा मुंडा दो अस्सी चौंसठ और बावन सिंगल है आज भी उनचास उनुंचा, उनचास की फैमिली पूरी ले, ले लेना ठीक है दोस्तों निन्यानवे और चवालीस ठीक है और फिर से मैं आपको दे रहा हूँ ये जोड़ी छप्पन मुंडा एक और मुंडा छ और पंद्रह ठीक है दोस्तों आज जीरो पंजा की आरूप है मेरे हिसाब से जो आना चाहिए और उस ट्रिक से भाई दुआ सत्तर निकल रहे हैं